यो बनायल हो कही चलो तू हट नहीं आई मुस तो काम में दूर छटकन चला आदर्श दरावा बोलबा मतलब कही तो दत जवाब कामिक अलग रहते वो मुझे आप निकाला थी आप <laughs> निकाला छोड़ दे फोटा क्या ही गाल बना कौन सी लपुई चाहिए आई के मिला थे बच्चा तो कांदे तुम्हें मिले आंख में भूत चाहिए ना आंख में भूत चाहिए कितना लगा ले मुँह में मुँह में लग बच्चे लोग आई के मिला कौन सी लपुई चाहिए आई के में नहीं लगा आई दुखे लड़की ने सब फोटा white तो जैसा अच्छा तो तो तो नहीं समझ आ रहा था कहीं तो हुआ जाम लगने थाली तो फिर क्या आप तो जागने के लिए क्या था उन्हें बता रहे थे बहुत powder चीज नहीं जाएँगे नहीं जाएँगे कान से बहुत लगन पूरी तली तलियां में नहीं दिए थे चुप चुप चुप लगन चुप चुप दे ये तलियां दे तलियां दे बहुत अच्छा चुप चुप चुप वहां तो गया। आ, तो गया। दूदू दूदू आ, आ, आ, आ, आ। आ। तो तो पानी पानी चेतन ये क्या किया तुमने माता उठे ने समय दिन पूरे अच्छे छे गई दलवाए गमछा लेके समय ले एक्चुअली होते पोटवार से लेके तो ही पूछ बात पोटर क्यों निकाला वो बाजार क्यों निकाला तेरी पोट होके है ए ए ए आज नहीं मम्मी आएगी तो मारेगी ना नाग में जीत